आज की ताजा खबर सरकार लंगड़े अंधे लुल्ले आदमी के अकाउंट में पचास पचास हजार डाल रही है जल्दी लेके तल मिल सरकार के पास क्यों मैं लंगड़ा हूँ ना डूझा भी हूँ मैं जल्दी ले के तल पचास